शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भिन्न गम्यम वंदे विष्णु भावभयह हरम सर्वलोक एकनाथनम जी हाँ दर्शकों आप सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए मां भारती को प्रणाम करते हुए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जो कि इस जगत के पालनहार हैं मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे दिनांक 5 दिसंबर दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल आप सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और दर्शकों को एक नई बात कि आप सभी लोगों के बीच जयपुर व दिल्ली आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी जयपुर से हैं या दिल्ली से हैं या इनके आस के क्षेत्रों से हैं फटाफट आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिए आखिरी समय पर जब तो आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं तो बड़ा दुख होता है आप लोगों को अपना समय नहीं दे पाते हैं तो पहले आइए पहले पाइए आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराइए आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सख संबत उन्नीस सौ नामक संवत्सर चल रहा है गुरुवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच मिनट तक की शुक्ल पक्ष के दर्शकों जो तिथि रहेगी नौवी तिथि रहेगी नौमी तिथि के बारे में हमने बताया जैसे अष्टमी को हमने बताया था नारियल नहीं खाया जाता है वैसे नौवी तिथि को ब्रह्मा वैवर्थ पुराण मिले लिखा हुआ है कि लौकी का सेवन नहीं खाया जो है करना चाहिए लौकी को किसी प्रकार से नहीं लेना चाहिए यदि आप आप लौकी खाएंगे तो नीच योनि प्राप्त होगी जो है ब्रह्मा दूसरा कर रहेगा।, रहेगा कौलो करके सिद्धि योग रहेगा पहले हम शुभ काल पर आते हैं तो आज का जो शुभ समय रहेगा ये ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट से बारह बजकर सत्रह मिनट के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा शुभ कार्यों को इसमें कर सकते हैं अब आते हैं राहु काल पर तो गुरुवार का जो राहु काल होता है ये एक बजकर चौदह मिनट से लेकर के दोपहर ये दो बजकर बत्तीस मिनट तक का रहेगा इस दौरान शुभ कार्यों को आप लोग मत करिएगा चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे ये एक मिनट तक की कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे इसके बाद ये देव गुरु बृहस्पति की राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव अभी वृश्चिक राशि में ही चलायमान है दिशाशूल की बात कर लेते हैं तो गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल रहता है दक्षिण दिशा की ओर यात्राएं करने से आप लोगों को बचना चाहिए लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि केसर का दही का सेवन कर लीजिएगा हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा मस्तक पर और फिर एक हल्दी की गाठ पॉकेट में रख करके पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पग चलिएगा इसके उपरांत फिर दक्षिण दिशा की ओर आप लोग चलिएगा यह दिशा का बहुत ही अच्छा प्रयोग है आप लोग करके देखिए तो दर्शकों तो था हमारा पंचांग बेसिकली पांच अंगों से मिलकर के बना होता है हमने आपको बता दिया अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जात क्या कुछ कहता है आज का दिन तो देखिए आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपके मन में कुछ ना कुछ तिकड़म लकी रहेगी लेकिन आज साधनों की कमी के कारण आप लोग कल्पनाओं को साकार रूप अपने नहीं दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आज आप उतर रहे हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं आज महिलाएं भी बहुत बड़ी बड़ी डींगे हांगेगी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली खाली रहेंगी कार्य व्यवसाय बिना किसी की सहायता के चलाना आज मुश्किल होगा व्यवसाय में आज किसी सौदे के अंतिम क्षण में पहुँचने पर अचानक निरस्त होने से मन आपका बड़ा दुखी और निराश होगा दोपहर के बाद आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा जब देव गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति के घर में चंद्रदेव पहुंचेंगे नौकरी वाले लोगों को आज कुछ ना कुछ राहत मिलेगी शाम तक की घर में दोपहर के बाद सुख शांति लौट आएगी उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको करना ये रहेगा कि गाय को चने की दाल आपको खिलानी रहेगी और दूसरा गुड़ भी थोड़ा सा खिला दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ वृषभ राशि के जातकों आज का दिन सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्यवाही के लिए उत्तम है सरकारी कार्य आज थोड़े से परिश्रम से आशाजनक परिणाम देंगे लेकिन किसी की सहायता आज आवश्यक रहेगी कार्य व्यवसाय में भी आज प्रयास करने पर सरकार से सहयोग मिल सकता है धन की आमद मध्यान्हन तक उत्तम रहेगी इसके बाद कुछ समय के लिए रुकावटें आएंगी जो महिलाएँ हैं ये संतानों अथवा अन्य घरेलू उलझनों के कारण थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है इनका निराकरण कर, शाम के बाद ही संभव होगा नौकरी पेशा जातक अधिकारियों के कृपा पात्र बने रहेंगे। आज नागरिकों के द्वारा या आपके घर में जो वयो हैं इनके द्वारा आज आपकी प्रशंसा होगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय क्या करना रहेगा तो भगवान विष्णु की शरण में जाइए आज विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिए और कोशिश कीजिएगा कि हल्दी का दान धर्म स्थान पर जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो मिथुन राशि पर आगे बढ़ें, लेकिन दर्शकों राशिफल यदि देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाइए और अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए हमारे लिए ना सही राम के नाम पर आप लोग जय श्री राम जरूर टाइप करिए देखते हैं हमारे दर्शकों में कितनी ज़्यादा ताकत है या सिर्फ आप लोग केवल यहाँ टाइम पास करने आते हैं देखिए दर्शकों जय श्री राम आप लोग प्लीज लिखिए और आपके जय श्री राम का प्रति उत्तर मैं स्वयं दूंगा तो देखते हैं आप में ज्यादा दम है या हम में ज्यादा दम है आ देखें जरा किसमें कितना है दम मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आपको परिश्रम का उचित फल मिलेगा कार व्यवसाय में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है सहकर्मी आज आपसे जो ईर्ष्या कर रहे थे वो आज आपका सहयोग करेंगे लेकिन थोड़ा सा आज आपको सावधान रहना पड़ेगा आज किसी के ऊपर ऐसे ही भरोसा मत करिएगा कुछ दिनों से चली आ रही धन संबंधी उलझनें आज आपकी फाइनली शांत होंगी आपका मन इच्छित कार्यों पर खर्च करते हुए दिखाई पड़ेंगे और मन आज, आज आपका बड़ा मजबूत रहेगा फिजूल खर्ची भी रहेगी लेकिन पारिवारिक खुशी के आगे फिजूल खर्ची आज आपको व्यर्थ नहीं लगेगी सार्वजनिक कार्यों में आज कम रुचि लेंगे महिलाएँ भी आज अपने अपने जो है क्या कहते हैं उसमें जो है ईगो में ही ज़्यादा मस्त रहेंगी पारिवारिक वातावरण छोटी मोटी बातों को छोड़ शांत रहेगा सेहत आज आपकी सामान्य रहेगी उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए सबसे पहले आज आपको केसर का सेवन करना रहेगा दूसरा आज गुरु कवच का आपको पाठ करना है या बृहस्पति कवच इसको बोलते हैं इसका आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कर्क राशि के जातकों आज का दिन पूर्वार्ध जितना बेचैनी भरा रहेगा दिन का अंतिम भाग उतना ही राहत देने वाला रहेगा दिन के आरंभिक भाग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कार्यों में व्यवसाय में आज प्रयास करने पर भी हानि को आप लोग रोक नहीं पाएंगे अधिकांश कार्यों में आज किसी अन्य के ऊपर आपको आश्रित रहना पड़ेगा लेकिन आज आप जिनके ऊपर आश्रित रहेंगे वो बहुत ज्यादा टालमुटोल करेंगे उदासीनता आपके मन पर हावी रहेगी धर्म कर्म के प्रति आस्था रहेगी लेकिन पूजा पाठ के समय मन इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिलेगी शाम के बाद सभी मामलों में राहत मिलने लगेगी सेहत में सुधार आएगा परजनों को व्यवहार आज दिल दुखाने वाला ही आपके प्रति रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप धर्म स्थान पर जाइए सफाई करिए और दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों का आज आप लोग दान करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और दान में भी क्या करना है बहुत ज़्यादा नहीं यज्ञोपवित का दान हो गया चने की दाल का दान हो गया केसर का दान हो गया हल्दी का दान हो गया या लेखनी संबंधित सामग्रियों का जरूरतमंदों को दान करते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच सिंह राशि के जातकों कैसा रहेगा आज आपका दिन लेकिन आप लोग लाइक तो करिए तभी दिन अच्छा जाएगा उपाय हम ही बताएंगे आपको सिंह राशि के जातकों आज के दिन आपको अपने अधिकांश कार्यों में देखिए विजय मिलेगी सोच विचार कर ही किसी कार्य को करेंगे आज धन लाभ प्रयास करने पर अवश्य मिलेगा सरकारी कार्यों में जोर तोड़ करके सफलता आज आप लोग पालेंगे कार्य क्षेत्र पर आज आपका दबदबा रहेगा और आपके विरोधी आज आपके सामने नतमस्तक रहेंगे देखिए मैं नतमस्तक नहीं आ, हमको मत समझिएगा कि हम आपके विरोधी हैं घरेलू सुख भी आज उत्तम रहेगा सुख सुविधा जुटाने पर खर्च करेंगे लेकिन बाहर के खान पान में संयम रखिएगा बदहदमी गैस आज की परेशानी हो सकती है घर का कोई बुजुर्ग आज आपको कोई गुड न्यूज दे सकता है करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर तो घर के जो बुजुर्ग आपको आज कुछ गुड न्यूज देंगे उनको आज आप लोग पीले रंग की कोई मिठाई जरूर खिलाईए दूसरा आज आपको करना ये रहेगा कि केसर का तिलक मस्तक जिब्भ्याभि पर लगाइए और दिशाशुल का आज आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा निकलने से पहले शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वहीं कन्या राशि के जातको आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा खर्चीला साबित होने जा रहा है रिश्तेदारों के साथ ही घर वालों की जिद पूरी करने में आज आपका धन खर्च होने जो है होगा और जिससे आपका बजट बिगड़ जाएगा आज आपकी मनोरंजन की प्रवृत्ति रहने के कारण भी मौज शौक एवं सुख सुविधा जुटाने पर अनावश्यक खर्च रहेंगे कार्यक्षेत्र पर आज आप ज़्यादा गंभीर नहीं रहेंगे फिर भी व्यवसाय से रुक रुक कर धन लाभ होता रहेगा दोपहर के बाद बनते कामों में अड़चने आने लगेंगी कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आज आपको हानि पहुंचाने के प्रयास करेंगे स्त्री का सहयोग घरेलू परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है पीपल के वृक्ष में जाना है और जल में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा और केसर डाल लीजिएगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः इस मंत्र से आपको अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः तुला राशि के जातकों कैसा रहेगा आज आपका दिन तो आज के दिन आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालेंगे अनिर्णायक स्थिति रहने के कारण अधिकांश कार्य अधूरे रह जाएंगे या निरस्त भी करने पड़ सकते हैं नौकरी वाले लोगों को अति आत्मविश्वास के कारण कार्यो में हानि होगी देखिए अति सर्वत्व वर्जयित तो अपने अंदर ईगो मत लाइए अति मत लाइए व्यवसाय वर्ग भी आज लापरवाही करेंगे जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था फैलेगी जिसे सुधारना आज मुश्किल ही रहेगा धन लाभ आज परिश्रम करने पर ही अल्प मात्रा में ही रहेगा पारिवारिक स्थिति भी समय से आज मांग पूरी ना कर पाने पर खराब रहेगी महिलाएँ आज आपको एहसान जता करके कार्य करेंगी यदि आपके घर की हैं आज आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी संभव है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि भगवान विष्णु जी को आज जाना है और वहाँ पर आपको कुछ सुगंधित चीज़ों का दान भगवान विष्णु जी के मंदिर में करना रहेगा या लक्ष्मी नारायण मंदिर में करना रहेगा दूसरा यदि आपके घर के आसपास कोई कृष्ण भगवान का मंदिर है तो कोशिश कीजिए कि वस्त्र उनके लिए जाइए और पंडित जी को दे दीजिए आपके द्वारा दिए गए वस्त्र से आपका भाग्य भी बदल सकता है दर्शकों तीसरा एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं देखिए एक ही प्रयोग नहीं है प्रयोग करते जाइए बहुत अच्छा आपको लगेगा गाय को आपको आज कुछ मीठा खिलाना है मीठा जैसे कि आप दाल बनाइए लेकिन दाल में नमक की बजाय आप चीनी डाल दीजिए गाय को आप डाल दीजिए बहुत लाभ होगा धन संबंधी सारे मार्ग प्रशस्त होंगे ये प्रयोग तो करिए आप लोग कन्या राशि के तुला राशि के जात देखिएगा कितना अच्छा आप लोगों को लगेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर का शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ वृश्चिक राशि आज का दिन आपको शांति से बिताने की सितारे सलाह दे रहे हैं पराए काम अथवा धन से दूरी बना कर रखें तो ठीक रहेगा आज परोपकार के बदले दूसरों से आपको अपशब्द ही सुनने को मिलेंगे आज लोग आपसे स्वार्थ का संबंध रखेंगे काम निकलने के बाद आज आपसे मुँह मोड़ लेंगे आज पहले अपने उलझे कार्यों को सुलझाएँ बाद में ही किसी अन्य कार्य को देखें आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन आज निराशाजनक रहेगा आय ना के बराबर रहेगी परंतु खर्च रोकने पर भी बढ़ करके रहेंगे कार्य क्षेत्र पर नए नए सौदे मिलेंगे लेकिन इन पर कार्य अतिशीघ्र आरम्भ कर दें लापरवाही करने से आज मतलब आपके हाथ से कार्य निकल सकते हैं लंबी यात्राओं की योजना अधर में रहेगी कुल मिला करके एक बात और बता दें वृश्चिक राशि के जात वाहन आज आप सावधानीपूर्वक चलाइएगा उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश आज आपको ये करना है कि धर्म स्थान की सफाई करिए और दूसरा आज आप लोग जो है धर्म स्थान पर जाकर के कुछ धार्मिक चीज़ों का आपको दान करना रहेगा जैसे सुगंधित धूप हो गई अगरबत्ती का दान हो गया यज्ञोपवित का दान हो गया और क्या कहते हैं ये कुमकुम -कुम का दान हो गया तो ये सब आप लोग धर्म स्थान पर आज करिए शुभ कलर हमने आपको बता दिया कि आज के दिन आपका शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ तो धनु राशि के जात को आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लाभदायक रहेगा विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी आज आपका कोई अधूरा कार्य पूर्ण होने से आपके मन में बड़ा संतोष रहेगा और धन की आमद बनी रहेगी नौकरी पेशा लोग भी आज अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे दूर के व्यवसायों अथवा शेयर आदि में जो है थोड़ा सा आपको बचना चाहिए सरकारी कार्यों में आज ढील ना दे अन्यथा लंबे समय के लिए ये कार्य लटक सकते हैं धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर भी उपयुक्त समय नहीं निकाल पाएंगे शाम के बाद समय प्रतिकूल हो जाएगा आसपास का वातावरण क्रोध दिलाने वाला बनेगा ना चाहते हुए भी किसी से झगड़ा होने की संभावना है किसी महिला यदि आप लोग महिला हैं तो आज आपकी सेहत खराब हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए दूसरा आपको करना यह रहेगा कि गजेंद्र मोक्ष का आप लोग पाठ करके तब घर से निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा, रहेगा यह रहेगा नौ जी हाँ मकर राशि तो व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी व्यावसायिक कारणों से भी यात्राओं के योग बनेंगे परंतु अंत समय में यात्राएं निरस्त हो सकती है यात्रा होने पर भी लाभ की जगह खर्च बढ़ेगा कार्य पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले कागजों को संभाल कर अपने रखिएगा न गुम हो सकता है किसी सरकारी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छे से पढ़ के तब साइन करिएगा किसी से झूठा वादा मत करिएगा नई मुसीबत में पड़ जाएंगे धन लाभ के लिए मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम आज आपको अधिक करना पड़ेगा आज कोई विवाह का रिश्ता आपके पास आ सकता है जिससे आपकी विवाह शादी तय हो सकती है महिलाएं पूजा पाठ में दिखावा करेंगी लेकिन घरेलू मामलों के लिए लाभकारी ही रहेंगे परिवार में किसी के अस्वस्थ होने की संभावना है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि तुलसी जी पर जल में हल्दी डाल करके आपको जल देना रहेगा और शाम के समय एक देसी घी का आप लोग दीपक जला करके रखिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों तो आज के दिन आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति होने के जो है चांसेस दिख रहे हैं व्यवसाय वर्ग व्यापार में विस्तार करेंगे जिसका लाभ भी शीघ्र मिलेगा विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी लेकिन आज पल, पल पर राय देने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे जिससे आज, आज आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है दिन के आरंभ में आलस्य ना करें अन्यथा सारी दिनचर्या अस्त हो जाएगी आज का दिन सभी कार्यों में फायदा दिलाने वाला लेकिन आज आपकी धन हानि बहुत ज़्यादा होगी आज शाम के बाद परिस्थिति आपकी बदलेंगी जहाँ लाभ होना होगा वहाँ हानि होने से आपको निराशा होगी महिलाएं आज अधिक मेहनत के कारण बीमार पड़ सकती हैं परिवार में किसी के हाथ कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है उपाय क्या करना रहेगा तो विष्णु सहस नाम का पाठ करिए साहब आप लोग दूसरा आज गाय को आपको गुड़ खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन जयपुर और दिल्ली वाले दर्शक आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं जयपुर और दिल्ली का आगमन साथ ही साथ नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए तो चलते हैं मीन राशि पर मीन राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अशुभ रहेगा सेहत में दिन भर उतार चढ़ाव लगा रहेगा कार्य व्यवसाय एवं आर्थिक कारणों से मानसिक अशांति रहेंगी महिलाएं भी आज पेट कमर व अन्य शारीरिक अंगों में दर्द महसूस करेंगे कार्य व्यवसाय पर धन लाभ तो होगा लेकिन व्यर्थ के खर्चे बढ़ने से तुरंत आपके आज खर्च होंगे यात्राओं की योजना टालना बेहतर रहेगा खर्च के साथ दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उपकरण है इनका आज आपको विशेष ध्यान रहना रहेगा आज अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी तंत्र मंत्र के प्रति आज आपकी रुचि बढ़ेगी तो दर्शकों आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयोग क्या करना है उपाय क्या करना है देखिए कोशिश कीजिएगा कि आज जुपिटर गुरु कवच का आपको पाठ करना रहेगा दूसरा धर्म स्थान पर आप लोग सफाई करिए अगर आप सिख हैं तो आप लोग जो है गुरुद्वारे जाइए वहाँ पर बर्तन धुलिए जूते पॉलिश करिए जो भी धर्म के काम हैं ये आप लोग करिए खाने परोसिए आप लोग हिंदुत्व में हैं मंदिर की सफाई करिए इफ़ यू आर मुस्लिम तो अपने अपने धर्म स्थान अर्थात मस्जिद की जाइए सफाई करिए बिल्कुल करिए देखिए सारे धर्म बराबर हैं एक ही श्रेणी में है कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं ये लोग धर्म को बदनाम किए हुए हैं तो ऐसे धर्म के ठेकेदारों से रहकर के बचना है हर धर्म में ये जो है पाए जाते हैं तो दर्शकों शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए तो देखिए आज के लिए आपका लिए शुभ कलर जो लकी कलर रहेगा ये सिल्वर रहेगा और शुभ अंक की बात करते हैं तो नौ अंक आपके लिए शुभ रहेगा तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और प्लीज़ आप लोग जो भी जिस भी धर्म से हैं जय श्री राम लिखिए सत्यकाली लिखिए जो भी आपको लिखना हो आप लोग लिख सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए नमस्कार